हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज मैं बेसिक हाइजीनिक कैसे मेंटेन करते वीकली मेरा क्या रूटीन रहता है मैं आज वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी तो आपने देखा मैंने पहले थोड़ा हल्के मसाज किया कोम किया अभी मैं यहाँ पे ऑयल मसाज करूँगी मैं हमेशा कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ और मुझे होता है। तो मैंने ऑयल ले लिया मैंने पूरे अच्छे तरीके से स्कैल पर लगाया है लेंथ पे मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ स्केल पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सो मैं पूरे स्कैल्प पे लगा के और हल्के से मसाज करी क्योंकि मुझे बहुत हेडेक था तो स्किन केयर के लिए सबसे पहले मैंने क्लेंजिंग किया क्लेंसिंग के बाद आपको स्क्रब करने हैं तो मेरा क्लेंजिंग यहाँ पे हो गया अभी मैं स्क्रब करूँगी तो मैंने कॉफ़ी स्क्रब लिया है और उसे मैं हल्के हाथों से अच्छे से स्क्रब करूँगी लिप्स भी, भी स्क्रब करने हैं क्योंकि अभी ड्राइनेस बहुत होते हैं विंटर में तो अच्छे से लिप्स भी स्क्रब करने चाहिए उसके बाद स्क्रब हो गया अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट मास्क लगाऊंगी फेस पैक ये बेसिकली वीकली रूटीन है बस आपको इतने आप स्किन केयर कर लो आपकी स्किन बहुत ही अच्छे रहेंगे खास करके विंटर में विंटर में हेयर फॉल स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं तो बस ये था मेरा आज का रूटीन इसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरा स्किन एंड हेयर कैसा था उसके बाद मुझे याद आया कि मैं थोड़ा तीत भी क्लीन करूँगी सो एवरी वीक आई डू दिस समाइम्स आई फो सो मैंने यहाँ पे सॉल्ट लिया एंड मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल होते हैं उससे भी तीत बहुत अच्छे क्लीन होते हैं तो मैं यहाँ पर वो क्लिन करने वाली हूँ ये भी एक्चुअली एक हाइजीनिक है बेसिकली ये हमारे यहाँ पर बहुत Uh, किए जाते पहले करते थे हम लोग तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता Actually, uh, है एक्चुअली जम्स वगैरह होते हैं न तो वो बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं सो आई विल क्लीन हियर एंड बहुत ज़्यादा वो सॉल्टी हो जाता फेस बट सॉरी uh, फेस मैं बोल रही हूँ लीव्स uh, अंदर पे वो टंग पे बहुत ज़्यादा सॉल्टी लगते बट सीरियसली ये करने से ना इतने अच्छे तीथ साफ़ रहते हैं एंड इट्स वेरी नाइस So please do try this and let me know. Thanks for watching guys. Please subscribe my channel for more videos. Please support because I really do hard work. So यहाँ पे मैंने फेस को वॉश कर लिया है बाल भी मैंने शैम्पू कर लिया अभी मैं यहाँ पे डालूँगी सीरम और ऑलरेडी मैंने फेस पे सीरम एंड डे क्रीम मैंने लगा लिया था तो मैं यहाँ पे बालों पे सीरम लगाऊँगी दैट्स सेट फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग गर्ल्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़